हमने आज जंग जीत ली जो बची है वो भी कल को जीत लेंगे जी कभी गर्व है हमें की हमने आज जंग जीत ली जो बची है वो भी कल को जीत लेंगे जी कभी जंग जीत ली जो बची है वो भी कल को जीत लेंगे जी कभी ओ है हमें की हमने आज जंग जीत ली जो बची है वो भी कल को